और इसके अलावा ये हमारा जो है ये लोड सेल है ये इसके ऊपर इसका बना हुआ है कि इसको हमने रखना कैसे है नहीं लगाना कैसे है यारो जो नीचे की तरफ है अस्सलाम वालेकुम व्यवर्स व्यूवर्स आज एक बड़ा इंफॉर्मेटिव से टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैकन है वैकन की जो पी एल जो लोड सेल मोड्यूल है एलेक्स थ्री वी इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है और उसके ऊपर जो लोड सेल है उसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी लोड सेल का जो मॉड्यूल है वो किस तरह से नज़र आता है ये देखिए जी इस तरह से लोड सेल का मॉड्यूल नज़र आता है और ये इसका इसके ऊपर मॉडल लिखा हुआ है एल एक्स थ्री वी डैश वन डब्ल्यू टी और ये डिफरेंट टैग्स हुए हुए हैं जी दो तीन चार सात ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर डिफरेंट इसकी नंबरिंग है वो मैं आपको एक्सप्लन करता हूँ कि ये टैग जो है किस किस परपज़ के लिए हुए हैं तो वन नंबर जो है ये जी एक्सटेंशन केबल एंड कनेक्टर है यानी जहाँ पे वन नंबर लिखा हुआ है ये इसके एक्सटेंशन केबल और कनेक्टर है ये देखें ये एक्सटेंशन केबल और कनेक्टर जो है ये हमने जिस पीएलसी के सी के साथ इसे जोड़ना है ये उसके साथ लगाने के लिए जोड़ लगाई हुई है ये केबल जो है यानी जिस पी uh, के साथ हमने इस लोड शेड मोड्यूल को कनेक्ट करना है उसके लिए ये केबल हमने यूज़ करनी है उसके बाद है टू नंबर एल जो है वह कॉम एल है ये देखें जी ये टू नंबर है यहाँ पे कॉम एलईडी है यहाँ पे इसकी लाइट व्हेन कम्युनिकेटिंग यानी जब हमारी कम्युनिकेशन हो रही होगी तब ये इंडिकेशन ब्लिंक करेगी पॉइंट नंबर थ्री के ऊपर जो है वो पावर एलईडी ई डी है यानी जब हमारा लोड सेल मॉड्यूल ऑन होगा तो ये इंडिकेशन ऑन होगी स्टेट एलईडी जो है ये लाइट वैन नॉर्मल कंडीशन यानी जब हमारा लोड सेल जो है लोड सेल का मोड्यूल नॉर्मल कंडीशन के हो अंदर होगा तो ये चार नंबर इंडिकेशन ऑन होगी फाइव नंबर जो है ये मोड्यूल नहीं है ये देखें जी एल एक्स उसके बाद सिक्स नंबर जो है वो एनोलॉग सिग्नल आउटपुट टर्मिनल है यानी यहाँ पे ये सिक्स नंबर पॉइंट जो एनालॉग आउटपुट आ रही है सेवन नंबर जो है वो एक्सटेंशन मॉड्यूल इंटरफेस है सेवन नंबर को देख लेते हैं जी ये कहाँ पे है यहाँ पे देखें जी यानी अगर हमने इस लोड सेल मॉड्यूल के बाद फर्दर कोई चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ से हम एक्सटेंशन केबल लगा के आगे वाला मॉड्यूल जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर उसके बाद ये डिन रेल माउंटिंग है इसको देख लेते हैं जी ये क्या चीज़ है ये देखें जी ये माउंटिंग रेल रेल माउंटिंग यही नहीं अगर हमने इसको पैनल के अंदर फिक्स करना तो उस परपज़ज़ के लिए ही यूज़ होती है तो ये कुछ लोड सेल के हार्डवेयर के वाले से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर की अभी इसकी जो वायरिंग की डिटेल है वो देख लेते हैं ये वायरिंग की डिटेल नज़र आ रही है जी ट्वेंटी फोर वोल्ट पॉजिटिव ट्वेंटी फोर वोल्ट नेगेटिव ये पावर सप्लाई के पॉइंट हैं जी एंड ग्राउंड जो है ये ग्राउंडिंग का पॉइंट है अभी हमने देखना यह है कि हमने लोड सेल को कैसे कनेक्ट करना है तो ये लोड सेल की ड्राइंग है जी जब हमारे पास फोर वायर लोड सेल होगा तो हमने ये कनेक्शन करने हैं तो हमारा जो भी लोड सेल होता है इसकी जो अंदरजाइजिंग पावर होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव फाइव वोल्ट होती है तो ई वन पॉजिटिव और ई नेगेटिव ये जो दो पॉइंट हैं यहाँ से हम लोड सेल को अंदरजाइजिंग पावर देंगे फाइव वोल्ट की और फर्दर जो पॉइंट है एस पॉजिटिव और एस नेगेटिव एफ पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे उसने मैनुअल में एक्सप्लेन किया वो कह रहा है जित सेंसर विद फोर वायर्स रिक्वायर्स ई वन पॉजिटिव कनेक्टिंग विद एफ वन पॉजिटिव और ई वन कनेक्टिंग विद एफ वन नेगेटिव यानी हमारा जो सिग्नल है जो हमारे लोड सेल के ऊपर जैसी वेट आएगा और लोड सेल जो फीडबैक जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल वो हमारे पास हमने इसको एस वन पॉजिटिव और एस नेगेटिव पे कनेक्ट कर देना ठीक है और फर्दर वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट हैं एफ़ uh, पॉज़िटिव और एफ नेगेटिव के इनको हमने आपस में शॉर्ट भी करना हैं। यानी ये देखें जी एफ नेगेटिव जो है वो ई नेगेटिव के साथ शॉर्ट है और एफ़ पॉज़िटिव जो है वो ई पॉजिटिव के साथ आपस में शॉर्ट है और फीडबैक का जो सिग्नल है वो एफ पॉजिटिव और एस नेगेटिव के ऊपर आ रहा है इनको हमने यानी 5 वोल्ट के साथ फर्दर जो है वो F1 पॉजिटिव और F1 नेगेटिव को शॉर्ट कर दिए है और जो फीडबैक का सिग्नल है वो हम S1 और आ, S1 पॉजिटिव और S1 नेगेटिव से उठा रहे हैं तो ये जो हमारे पास मॉड्यूल है जिसके ऊपर आज हम लेक्चर बना रहे हैं ये है 1WT तो ये इसके अंदर एक ही चैनल होता है और एक ही लोड सेल इसके साथ हम क्लेक्ट कर सकते हैं और ये एफ जो है ये इसका ग्राउंड का पॉइंट है तो अभी जो है मैं आपको फिज़िकली ले चलता हूँ हार्डवेयर की तरफ और मैं आपको हार्डवेयर पे इसके कनेक्शन और इसका जो मॉड्यूल को एक्सटेंशन केबल के साथ प्लग करने का तरीका वो बताऊँगा तो आइए चलते हैं हार्डवेयर को चल के देख लेते हैं कि हार्डवेयर हमें कैसा नज़र आता है और इसमें कनेक्शन कैसे होंगे तो जी व्यूवर्स ये आपको हार्डवेयर नज़र आ रहा है हमारे पास ये लोड सेल का मॉड्यूल है इसके ऊपर इसका जो मॉडल है वो लिखा हुआ है ये देखें जी एल और ये इसके अंदर जार्जिंग पावर है 24 वोल्ट डीसी और 24 वोल्ट 24 वोल्ट पॉजिटिव और 24 वोल्ट नेगेटिव डीसी अंदर जार्जिंग पावर है और ये देखें जी ये हमने इसको आ, 24 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो पीएलसी की पावर सप्लाई से दी हुई है ये देख और इसके अलावा ये हमारा जो है ये लोड सेल है ये इसके ऊपर इसका बना हुआ है कि इसको हमने आ, रखना कैसे है लगाना कैसे है यारो जो नीचे की तरफ है और फोटी के का ये लोड सेल है हमारे पास ठीक है जी तो जो बेसिकली लोड सेल होता है इसके अंदर चार वायर्स होती हैं तो इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो वायर्स होती हैं इनका क्या क्या काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी हमारे पास लिखा हुआ है जी इसके ऊपर E1 वन पॉजिटिव और E1 वन नेगेटिव तो ये लोड सेल जो है उसकी अंदर जार्जिंग पावर है ठीक है जी लोड सेल के अंदर जार्जिंग पावर जो है वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए फाइव वोल्ट ठीक है तो हमने क्या किया हुआ है रेड और वाइट जो वायर है लोड सेल की वो इस पॉइंट के को ऊपर कोनेक्ट की हुई है ये हमारी रेड और वाइट वायर है रेड और वाइट जो है वो अंडर जाइजिंग पावर वो हमने कुनेक्ट की हुई है उसके बाद हमारे पास रह जाती है ग्रीन और ब्लैक ग्रीन और ब्लैक जो है ये सिग्नल की वायर है ये हमने कुनेक्ट की हुई है S1 वन पॉजिटिव और S1 वन नेगेटिव के ऊपर ये देखें जी S1 वन नेगेटिव है और ये S1 वन पॉजिटिव है ग्रीन और ब्लैक ये कोनेक्टेड है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास मैनुअल के अंदर एक पॉइंट जो है वो बता रहा था कि हमने जो सप्लाई है हमारी ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव उसको जंपर करना है वो भी हमने यहाँ पे किया हुआ है ये देखें ये हमारा जंपर है जी ये कनेक्टेड है एफ वन पॉजिटिव और एफ वन नेगेटिव से और ये जो वायर है डबल वायर ये देखें जी ये आ रही है ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव से ठीक है जी उसके बाद ये हमारी वायरिंग की डिटेल होगी ये हमारी शिट्रिप है जी जो एक्सटेंशन मड्यूल किसी ट्रिप है ये लोड सेल मड्यूल है और इसको हमने पी के साथ जब कोनेक्ट करना है तो इस पॉइंट के ऊपर ये जाकर लगेगी जब हम इस केबल को लगा लेंगे कि तो इसके ऊपर ये फर्दर सेफ्टी कनेक्टर भी है इसको ऐसे हम कोनेक्ट कर लेंगे ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिकेशनस की तो ये देखें जी ये सबसे पहले जो इंडिकेशन है ये कॉम की इंडिकेशन है उसके बाद 24 वोल्ट पावर यानी जो आ रही है उसकी इंडिकेशन है उसके बाद ये लोड सेल की इंडिकेशन है तो ये फर्दर सारे इंडिकेशन थे जो ऑलरेडी मैंने आपको मैनुअल में एक्सप्लेन की हैं तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम क्या करते हैं आगे फर्दर अगर को मॉड्यूल मोड्यूल अप करना है इसके साथ तो वो मोड्यूल यहाँ से ऐड हो जाएगा पी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्वेल्व ट्वेल्व एम है और मिनिमम जो है वो एक्सटेंशन मोड्यूल को चलाने के लिए इस साइज़ की पी जो है वो रिक्वायर्ड होती है इसके बाद इसके ऊपर एक सेफ़्टी कवर भी होता है जब हम तमाम इसकी वायरिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके साथ एक सेफ्टी कवर भी लगता है तो वायरिंग जो है जब हमने कंप्लीट कर लेनी है तो उसका ये देखें जी वे बना हुआ है यहाँ से हमने इसे वायरिंग को निकाल लेना है बाहर की तरफ और इसके ऊपर ये जो सेफ़्टी कवर है ये काफ़ी ख़ूबसूरत डिज़ाइन हुआ हुआ ये देखें जी तो ये हमने इसके ऊपर इस तरह से फ़िक्स कर देना है इसके अंदर लॉक्स वग़ैरह जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं तो इस तरह से जो है ऊपर फिक्स हो जाता है और ये इस तरह से नज़र आएगा ठीक है जी तो ये है जी हमारा जो लोड सेल का मॉड्यूल है उसकी कंट्रोल वायरिंग और उसको पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनशाला हम आपको बताएंगे कि ये जो लोड सेल मॉड्यूल है इसकी कैलिब्रेशन किस तरह से की जाती है इसके ऊपर वेट डाल के थैंक यू सो मच दो में याद रखेगा अल्लाह हाफिज़